नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपको आज याद करा रहे हैं स्वैदैनिक प्रधान कुछ दिल्ली पुलिस में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले है रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी प्रधानमंत्री जी से आप जानते हैं सभी नरेंद्र मोदी जी और जो कुछ न्यायिक पदाधिकारी हैं अभी फिलहाल चेंज हुए हैं ये पैंतालीसवे नंबर पद पर हैं इनका नाम है जस्टिस दीपक मिश्रा और महान्यायवादी के के वेणुगोपाल के बाद कुछ संसदीय पद अधिकारी हैं वो हैं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और लोकसभा उपाध्यक्ष एम थमद राज्यसभा सभापति एम के नायडू राज्यसभा उपसभापति उप सभापति सत्ता पक्ष लोकसभा ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपका प्रश्न है नरेंद्र मोदी जी नेता सत्ता पक्ष राज्य राज्यसभा से अरुण जेटली जी नेता विपक्ष राज्य सभा गुलाम नवी आजाद और निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं अचल कुमार ज्योति जी चुनाव आयुक्त ओ पी रावत और सुनील अरोड़ा जिसके दो भाग हैं मुख्य चुनाव से के दो पार्ट और होते हैं आगे सचिव एवं सलाहकार कैबिनेट सचिव है प्रदीप कुमार सिन्हा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री निरपेंद्र मिश्र विदेश सचिव जय जै, एस जयशंकर गृह सचिव राजीव गब्बा वित्त सचिव अशोक लवासा रक्षा सचिव संजय मित्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभवाल ये भी पूछे जाने वाले बहुत हैं। भारत भारत सरकार सरकार के के मुख्य मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार सलाहकार डॉ. आर. आर्थिक अरविंद सुब्रमण्यम इन ये सबसे इंपोर्टेंट पर्सन रहेगा दिल्ली पुलिस के लिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख इनमें से जरूर एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायु सेना एयर चीफ मार्शल बी एस धनवाल अभी अभी ऐसे क्वेश्चन भी अपडेट किए जाते हैं कि वायु सेना अध्यक्ष में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं एयर चीफ मार्शल वायु सेना का सबसे बड़ी पोस्ट होती है इस तरह इन सब के भी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लंबा एडमिरल की पोस्ट सबसे बड़ी होती है थल सेना अध्यक्ष आर्मी की सेना अध्यक्ष है वह जनरल बिपिन रावत और आज सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पर्सन पूछे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पिछली अभी अभी पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था नरेंद्र मोदी मोदी जी के पास कौन सी मंत्री कैबिनेट है तो उनके पास से प्रधानमंत्री साथ ही कार्मिक लोक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय परमाणु ऊर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग सभी मंत्रालयों का प्रभार जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं है वो सभी नरेंद्र मोदी जी के पास है इसके बाद कुछ कैबिनेट मंत्री जो बार बार पूछे जा गए हैं हमने उनको कलेक्ट किया है उनमें राजनाथ गृह मंत्री सुषमा स्वराज विदेश मंत्री अरुण जेटली जी विथ एन कॉरपोरेट मामले निर्मला सीतारामन रक्षा मंत्री दिल्ली पुलिस में पूछा जा सकता है नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जहाजरा जल संस्थान नदी एवं गंगा पुनरुद्धान सुरेश प्रभु वाणिज्य के उद्योग इनके पास से अभी अभी इनको वो रेल मंत्री हटा इनको ये पद दिया गया है वाणिज्य के उद्योग का और रेल मंत्री के पद को पीयूष गोयल को दिया गया है इसके बाद डीवी गोड़ सदानंद गोडा सांख्य के एम कार्यान थैंक यू दोस्तों